डिंडौरी से एक प्राचीन दुर्गा मंदिर से चोरी का मामला सामने आया है बताया जा रहा है चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है और माता के श्रृंगार और दान पेटी के साथ गमले तक चोरी करके ले गए के बाजार मोहल्ला स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है चोर माँ दुर्गा की मूर्ति से चांदी का मुकुट नथ बैंदी सहित लगभग दो लाख रूपए से भरी दान पेटी और मंदिर में रखे गमले तक लेकर फरार हो गए है घटना से गुस्सा स्थानीय लोगो ने सुबह सड़क पर प्रदर्शन किया और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है लोगों का कहना है कि इलाके में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिनों पहले ही एक शिक्षक के घर में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति कैद भी हो गया था लेकिन इसके बाद भी अभी तक चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है जिससे लोगों में असंतोष है एसपी जगन्नाथ मरकाम ने बताया कि गाड़ा सराई क्षेत्र में पूर्व में भी हुई चोरी की वारदात पर पुलिस जांच में जुटी है लगातार बढ़ती चोरी की वारदात को लेकर पुलिस वैज्ञानिक तरीके से जांच में जुटी है और शीघ्र ही चोर पुलिस के गिरफ्त में होंगे रात में यहाँ से आठ बजे ताला लगा के अपने घर निकल गया था सुबह जब मैं आया तो ने ने मेरे को बताया की मंदिर की ताला टूट गए हैं आकर में देखा तो पूरे ताला जो है ताले वहाँ टूटी हुई थी गेट ऐसी लेकर चल गया अंदर देखिए तो माता जी की जितनी जीवराग है मुकुट है हार है क्षत्र है दखनी है बेली है ये सब जो है चोरी हो गई है दान पेट खुला हुआ है उसके भी कर वास्तव में इसके पहले भी दो चोरियां हुई हैं और आज भी दुर्गा मंदिर पर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किया गया है ऐसे पहले के लिए भी हम लोग पूरी तरह अपने जो अपने वैज्ञानिक तरीके से हम लोग चोरी का प्रयास कर रहे हैं जब तक यानी की हम यानी की चोर को और बरामद जो माल को जब तक बरामद करके देंगे नहीं तो इतनी स्वस्थ नहीं हो पाएगी लेकिन उसमें भी हम लोग कर रहे हैं वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज